स्वागत है आपका दुनिया जहान में मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश बीबीसी पड़ताल दुनिया की आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया को और हमारी जिंदगी को प्रभावी तरीके से बदल सकती है इस नई तकनीक के महत्व को समझते हुए बीते साल भारत सरकार ने इस तकनीक के विकास के लिए बजट में आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया भारत के अलावा दूसरे मुल्क भी भविष्य को नई दिशा देने वाली इस तकनीक में निवेश कर रहे हैं अमेरिका की सरकार ने 2018 में नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव कानून बनाया और इसके लिए एक अरब 20 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2016 में तेरहवीं पंचवर्षीय योजना में क्वांटम कम्युनिकेशंस को रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण तो उद्योगों में शामिल किया ब्रिटेन ने 2013 में इसके लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाई 2016 में कनाडा ने इस तकनीक में 5 करोड़ कनाडाई डॉलर के निवेश की घोषणा की इसके अलावा जर्मनी फ्रांस दक्षिण कोरिया रूस जापान और गूगल अमेजन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ भी इस तकनीक में निवेश कर रही है इस बार दुनिया जहान में हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या हैं और इसे बनाने के लिए मुल्कों में होड़ क्यों मची है पार्ट अनिश्चितता भरा विज्ञान सो क्वांटम इज़ अ वर्ड आई थिंक। डॉक्टर साहिनी घोष कनाडा के विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है क्वांटम कंप्यूटिंग समझे उससे पहले शुरुआत करते हैं कि क्वांटम है क्या इसकी चर्चा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई ये वही वक्त था जब अल्बर्ट ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी अब तक फिजिक्स क्लासिकल थ्योरी पर आधारित था जो वास्तविकता में हो रही घटनाओं की व्याख्या से जुड़ा था इसके अनुसार ब्रह्मांड में चीजों का होना और उनका बदलना सब कुछ निश्चित है इस जानकारी को एक तरफ रखकर आपको एक अलग सोच को मानना होगा कि शायद ब्रह्मांड में सब वैसा निर्धारित नहीं है जैसा हम मानते रहे हैं हमें ये मानना होगा कि फिजिक्स के सिद्धांतों में मूलभूत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता पदार्थ के सबसे नन्हे कण के अणु यानी एटम के व्यवहार में होती है क्वांटम मैकेनिक इन छोटे अणुओं के व्यवहार का अध्ययन है जिसे फिजिक्स की क्लासिकल थ्योरी के दायरे में रहकर समझना असंभव है इस अनिश्चितता के बारे में वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहा था कि हर वो चीज जिसे हम रियल मानते हैं वो ऐसी चीजों से बनी है जिन्हें रियल नहीं कहा जा सकता शायद यही वजह रही होगी कि आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा यह सच हुई तो विज्ञान के तौर पर यह फिजिक्स का अंत होगा मई इसे ऐसे समझने की कोशिश करती हूँ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं head और tail। सिक्का घुमाया जाए तो head आएगा या tail, इसके chances बराबर यानी probability 50-50 फीसदी होती है फिजिक्स कहता है कि सिक्का घुमाते वक्त किसी एक वक्त में या तो वो हेड होता है या फिर टेल। लेकिन अगर हम इसे क्वांटम सिक्का माने तो सिक्का घुमाते वक्त किसी एक वक्त केवल हेड या टेल नहीं होता बल्कि इसकी पहचान अनिश्चित होती है एक क्वांटम सिक्के को आप दो साइड में सीमित नहीं कर सकते आम सिक्के के मुकाबले इसमें कहीं अधिक अनिश्चितता होती है यानी ये नॉन बाइनरी होते हैं Yeah, so हम इसे सुपरपोजिशन कहते हैं यानी सिक्का घूमते वक्त एक वक्त में दोनों ही साइड एक साथ होते हैं यानी एक वक्त में एक से अधिक संभावना होती है ये हमारे अब तक के अनुभव से इतना अलग है कि इसे समझना आसान नहीं इस सिद्धांत पर काम करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अनिश्चितता किसी चीज की प्रकृति है डॉक्टर सोहिनी घोष कहती हैं कि यही क्वांटम कंप्यूटर्स की अवधारणा है जो उन्हें क्रांतिकारी बनाते हैं बिकॉज इट ऑपरेट ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट फिजिक्स ये तकनीक के बिल्कुल अलग तरह के सिद्धांतों पर काम करती है ये कुछ ऐसा है कि कार आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ही करेगी लेकिन ये विज्ञान के अलग सिद्धांतों पर आधारित होगा पार्ट टू क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर्स खास क्यों? प्रिंसिपल, क्लासिकल कंप्यूटर कंप्यूटर कैन कैन। एनी प्रोफेसर स्टीफनी वेनर, डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटिंग सेंटर चलाती हैं। वो बताती हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटर से कैसे बेहतर है एक आम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को जीरो या वन में प्रोसेस करता है अगर आप मुझे कोई वीडियो भेजते हैं तो कंप्यूटर उसे जीरो या वन की सीरीज के करोड़ों टुकड़ों में बांटकर मुझे भेजता है और उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर मैं आपका भेजा वीडियो देख सकती हूं। लेकिन क्वॉन्टम कंप्यूटर आरोप हम क्वान्टम बीट्स में काम करते हैं इसमें जीरो या वन के अलावा दोनों एक साथ भी हो सकते हैं ये सुपर के कारण है जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की असल में ये कैसे होता है ये जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक भूल भूलैया में हैं और बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर की मदद लेते हैं today, say, okay, try... आप अगर बाई तरफ जाना चाहते है तो आप कंप्यूटर ऐसी पूछेंगे की बाई तरफ जाने आरोप रास्ता मिलने की कितनी संभावना है रास्ता ना मिला तो आप कंप्यूटर से दाईं तरफ की संभावना तलाशने को कहेंगे चूँकी क्वांटम कंप्यूटर में एक क्वांटम बीट 0 और 1 या कहें बाएं और दाएं एक साथ हो सकते हैं आप एक साथ दोनों संभावनाएं तलाश सकते हैं ये इतना सरल तो नहीं है लेकिन ये आपको बताता है कि आम कंप्यूटर की तुलना में क्वान्टम कम्प्यूटर में कुछ सवालों के जवाब तेजी ऐसी ढूंढे जा सकते हैं क्यूँकी क्वान्टम कम्प्यूटर एक वक्त में कई संभावनाओं आरोप काम कर सकता है ये सवाल उठ सकता है कि इस तरह के सुपरफास्ट कंप्यूटर मेडिसिन के क्षेत्र में क्या योगदान कर सकते हैं क्या ये नई दवा बनाने में मदद कर सकते हैं So that that आप लेबोरेटरी में जाकर परीक्षण कर सकते हैं कि कोई केमिकल दवा बनाने में काम आ सकती है या नहीं चूँकी इसमें वक्त लग सकता है इसलिए लोग इस पर शोध करने की बजाय सिमुलेशन कर नई चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल सही होगा या नहीं क्या आम कंप्यूटर ये काम कर सकता है तौर पर आम कंप्यूटर ऐसा हर काम कर सकता है जो एक क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है सवाल ये है कि इसमें वो कितना वक्त लेगा क्वांटम कंप्यूटर में ये कुछ घंटों में हो जाएगा जबकि आम कंप्यूटर को इसमें एक जन्म से भी अधिक वक्त लगेगा मतलब ये कि दवा के शोध में क्वांटम कंप्यूटर नई क्रांति ला सकते हैं ऐसे में इनकी मांग बढ़नी चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं पार्ट थ्री कड़ी चुनौती प्रोफेसर विनी फ्राइड ससेक्स सेंटर ऑफ़ क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के निदेशक हैं। वो क्वांटम कंप्यूटर्स की तकनीक को हकीकत बनाना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स एक तरह से विज्ञान का सबसे अहम और सबसे गहरा रहस्य हैं। इसमें अद्भुत संभावनाएं हैं और ये अनेकों काम कर सकते हैं लेकिन इन्हें बनाना उतनी ही मुश्किल चुनौती है क्योंकि इसके लिए आपको सुपर पोजिशन जैसी प्रक्रिया पर नियंत्रण करना होगा जो लगभग असंभव है और बिना ऐसा किए आप कंप्यूटेशन नहीं कर सकेंगे बीते तीन दशकों से वैज्ञानिक ऐसा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अधिकांश इसमें सफल नहीं हो सके है दो प्लेटफॉर्म के नतीजे सकारात्मक आए थे इनमें से एक है सुपर कंडक्टिंग सर्किट जिसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम और गूगल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए कर रहे हैं ये एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे 250 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर ठंडा करना पड़ता है एरर की गुंजाइश के बिना क्यूबिट बना पाना इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रिज कितने बड़े माइक्रोचिप को ठंडा कर पाता है और सुपर कंडक्टिंग सर्किट के साथ मुश्किल ये है की बड़ा फ्रिज बनाना आसान नहीं प्रोफेसर हेन्गर और उनकी टीम इस मुश्किल को हल करने की कोशिश में है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आयन को ट्रैप करने का रास्ता अपना रहे हैं आयन ऐसे होते हैं जिनमें कम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आयन को अलग किया जाए तो इन्हें सामान्य तापमान पर इस्तेमाल किया जा सकता है इस तकनीक में आप ऐसे माइक्रो चिप का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं इसके कारण माइक्रोचिप के ऊपर चार्ज्ड आयन हवा में तैरने लगते हैं।, हर आयन एक हैं। और इनके जरिए क्वांटम कम्प्यूटिंग हो सकती है ये साफ है की ये तकनीक आम इस्तेमाल के लिए जल्द उपलब्ध नहीं होने वाली लेकिन जिन मशीनों पर ये काम होता है वो दिखाई कैसी देती है ये बड़े आकार के होते हैं आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर से कुछ ही मीटर छोटे हैं, जो वैक्यूम ट्यूब सिस्टम आधारित थे इनमें लेजर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल सिस्टम होता है ये साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाई जाने वाली फ्यूचरिस्टिक मशीनों की तरह दिखते है प्रोफेसर हिन्सिंगर और उनकी टीम अब तक क्वान्टम कम्प्यूटर के पाँच प्रोटोटाइप बना चुकी है लेकिन दवा बनाने जैसे काम के लिए उन्हें बड़ी तादाद में क्यूबिट चाहिए। ऐसे में वो बड़े पैमाने पर क्यूबिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के इस्तेमाल को लेकर ये सबसे बड़ी चुनौती है दुनिया भर में अभी जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं वो कम क्यूबिट्स बना पा रहे हैं हमारी कोशिश है कि हम 10, 20 क्यूबिट बनाने की बजाय हजारों लाखों क्यूबिट बना सकें। पार्ट फोर क्वांटम कंप्यूटर्स की रेस क्यों? क्वांटम कंप्यूटर नाउ आई ब्रिंग द इंटरनेट डाउन डेज। जोनाथन डाउलिंग लुजियाना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उन्होंने लंबे वक्त तक क्वांटम कंप्यूटर्स की क्षमता पर काम किया जून 2020 में अपनी मौत से पहले बीबीसी से हुई बातचीत में उन्होंने कहा था क्वांटम कंप्यूटर is... बनाने को लेकर मुल्कों में होड़ है और ये स्पेस रेस की ही तरह है ये डेटा सुरक्षित रखने की रेस है निजी डेटा कंपनियों का सेना का और सरकारों का डेटा सुरक्षित रखने की डेटा ताकत है और अब मुल्को को इस बात का एहसास होने लगा है की इस मामले में वो जोखिम हो सकते हैं 2013 में अमरीकी इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने सरकार से जुड़े कई खुफिया दस्तावेजों को लीक कर दिया इन दस्तावेजों से ये बात सामने आई कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी किस हद तक दूसरों के कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंधमारी कर सकती है एडवर्ड स्नोडन लीक्राइज एडवर्ड स्नोडन के लीक ने चीनियों को हैरान कर दिया की कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंध लगाने में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी उसकी सोच ऐसी कहीं आगे है उन्हें ये भी चिंता थी कि अमेरिकी पहले क्वांटम कंप्यूटर बना लेंगे ऐसा हुआ तो अमेरिका चीन की खुफिया जानकारी पढ़ सकेगा लेकिन चीन को अपने सीक्रेट्स पढ़ने से रोक सकेगा ऐसा कैसे मान लीजिए कि बॉब एलिस को खुफिया संदेश भेजना चाहता है और ईव इनके कम्युनिकेशन चैनल में सेंध लगाना चाहती है फिलहाल सुरक्षित संदेश भेजने के लिए पब्लिक की एनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है बॉब संदेश पर ताला लगा कर एलिस को भेजता है इस ताले की चाबी केवल एलिस के पास है और वही इसे खोल सकती है पब्लिक की की सुरक्षा की अवधारणा ये होती है कि इसे हैक करने में एक आम कंप्यूटर को सैकड़ों सालों का वक्त लगता है लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे कुछ घंटों में हैक कर सकता है सुनने में ये डरावना लगता है लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है और वो ये कि अगर आप क्वांटम की का इस्तेमाल करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर भी इसे हैक नहीं कर पाएंगे और ये संभव होगा सुपर पोजिशनिंग की को हैक करने की कोशिश की गई तो उसमें दर्ज जानकारी अपने आप नष्ट हो जाएगी और भेजने वाले को इसका पता चल जाएगा क्वान्टूटर it के जरिए कम्युनिकेशन पूरी तरह सुरक्षित होगा इसे बनाने की होड़ के पीछे यही वजह है जोनाथन डाउलिंग ने बताया कि चीन इस तकनीक में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है अमेरिका और दूसरे देश भी इस तकनीक में बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं लेकिन वैज्ञानिकों के सामने चुनौती इस तकनीक को हकीकत में बदलने की और इस पर बड़े पैमाने पर काम करने की है आइए लौटते हैं अपने सवाल पर क्वांटम कंप्यूटर बनाने की रेस में देश भविष्य है सुरक्षा का अर्थव्यवस्था का और शोध का लेकिन क्वांटम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी यानी एटम के अनिश्चित व्यवहार के कारण इन बेहद ताकतवर मशीनों को बनाना कड़ी चुनौती है कई देश इस तकनीक पर काबू पाने की रेस में हैं, जोनाथन कहते हैं कि यह रेस कहा जा रही है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता लेकिन ये अपने आप में रोमांच पैदा करने वाला है